बैठ बैठ ऐसा उधर उधर उधर जेल में अपना बिकू बिकू अच्छा ना वो है है उसको उसको जिधर भी डालो का जगह राज हो जाता <laughs> <laughs> मेरे को भाऊ का नाम दे के क्या फायदा उसको बोल भाऊ को मैं भी जानता है और जब इस समय चट्टी पहन के घूमता था ना तब से जानता मैं उसको